प्योर गोल्ड शुद्ध सोना इतना मुलायम है कि हाँ इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। 10 ग्राम सोने से एक बाल जितनी मोटाई की वन पॉइंट किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है दोस्तों नीचे दिखता हुआ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद